नमस्कार मैं हूं सत्यम शर्मा आप देख रहे हैं चर्चाएं खास आज हम बात करेंगे स्पेस सेंटर की हमारे साथ इसरो के वैज्ञानिक के एनजे भट्ट जी मौजूद हैं जो विक्रम साराभाई स्पेस एग्जिबिशन स्पेस अप्लीकेशन सेंटर के हेड हैं उन्हीं से बात करेंगे एन जे भट्ट जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्ते सबसे पहला सवाल ये कि जो एग्जिबिशन ये रखा गया है तो एग्जिबिशन का मेन उद्देश्य क्या है ये एग्ज़िबिशन की अगर मैं आपको जानकारी दूँ ये एग्जीबिशन विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद से मैं और मेरे साथी साइंस कम्युनिकेटर और एक सीनियर साइंटिस्ट एकता सैनी जी के साथ मैं यहाँ आया हूँ ये जो एग्जीबिशन आप जो देख रहे हो वो एक परमानेंट एग्जीबिशन हमारे वहाँ अहमदाबाद में लगा हूँ जहाँ प्रतिदिन तीन सौ बच्चे स्कूल कॉलेज के आते हैं वही सेटअप मोबाइल एग्जिबिशन के स्वरूप में हम यहाँ आएँ अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते हैं स्कूल कॉलेज में ये एग्ज़िबिशन करते और मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता कैसे आए। दूसरा कि इसरो की ये जो पचास साल की जो उपलब्धि है हम सब जानते हैं कि, कि विक्रम साराभाई की एक सोच ने कितना बड़ा स्वरूप लिया और अभी इसरो फैल चुका भारत की बात करें तो भारत में तो सभी जान लेकिन वर्ल्ड में भी हमारा एक इसरो का एक प्रभाव है जो आप देख सकते हैं तो इसरो में जो पचास साल की जो उपलब्धियां कैसे हुई क्या करते हैं कैसे करते हैं और जितने अलग अलग जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रिमोट सेंसिंग पेलोड है कम्युनिकेशन पेलोड है साइंटिफिक मिशन है आदित्य जो भी आप सोच तो उसके पीछे का जो हमारा कार्यक्षेत्र है वो कैसे वो स्टूडेंट्स के सामने हम लेके आते हैं जैसे हम पचास साल की उपलब्धि की बात करें तो ये जो यात्रा जब से शुरू हुई तब आपने एक फेमस फोटो देखा हुआ कि जो साइकिल पर हम रॉकेट लेके जाते होंगे तो वहाँ से आप सोचो कि जब रिसोर्सेस कम थे वहाँ से ये जो सोच चालू हुई तो अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की तैयारियां चल रही आदित्य मिशन साइंटिफिक मिशन तो ये पूरी यात्रा में क्या है तो दो शब्दों में कह सकता हूँ कि क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी गुणवत्ता विश्वसनीयता क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब स्पेस में जाती पृथ्वी से एक बार वी कैनोट रिपेयर इट जो भी उसका कार्य करना है डिवाइस सेंसर जो भी हो तो एक अवधि के दौरान उसको अपना परफॉर्मेंस करना है कहाँ तो विपरीत संजो ऊपर वैक्यूम है अच्छा टेम्परेचर कंडीशन भी काफ़ी विपरीत होती है तो ये सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हो कैसी चीज भेजनी चाहिए तो एक स्वरूप है कार्यशैली की बात करें तो सीखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जैसे मुझे ही पता नहीं एज ए मेकेनिकल इंजीनियर मैंने इसरो ज्वाइन किया तो कब मैं वैज्ञानिक बन गया यानी कहने का मतलब ये कि तीस साल के बाद भी अभी भी हम सीख रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी नई नई प्रोसेस नए नए प्रोजेक्ट तो सतत एक सीखने का जो वातावरण है वो गुरु शिष्य परंपरा की तरह ही इसरो में है सीखना तो एक सतत प्रक्रिया होती है यस यस तो सीखते सीखते ये हम जो प्रोजेक्ट करते हैं और समझो कि एक प्रकार का चैलेंजिंग ये जॉब है कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको पता होगा चीज तो तुरंत बन जाती है लेकिन इंस्पेक्शन मेजरमेंट टेस्टिंग में भी काफी टाइम लगता है जैसे मैं आपको बताऊं कि जस्ट आप इमेज करो कि कोई एक शोल्डर पॉइंट अगर टूट गया ऊपर जाके तो आप सो कितना बड़ा लॉस तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये गुणवत्ता की और विश्वसनीयता की बात करे तो हम ऐसा कह सकते कि जैसे चार पी की बात करूं पर्सन प्रोडक्ट प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस ये चारों शब्दों में ये दो शब्दों जोड़ दो तो जो भी चीज़ क्रिया जो होगी वो अपने उत्तम प्रकार से ही काम करेगी। करेंगी भट्ट जरा ये हम जानना चाहेंगे जैसे स्पेस में सैटेलाइट अपन भेजते हैं कुछ भी रॉकेट वगैरह जाते हैं तो जनरली चाइना की जो इस समय न्यूज आ रही थी कि अभी कि चाइना का रॉकेट वहाँ ख़राब हो गया वो कहीं भी गिर सकता है इंडिया में भी गिर सकता है किसी भी महासागर में भी गिर सकता है हो सकता है अमेरिका में गिर तो ऐसा क्या खतरा रहता है सेटेलाइट गिरने पर ऐसा कुछ खतरा है वो जो आपने बात और पहले एक स्काईलेप भी ऐसे पृथ्वी पे आ गई थी काफ़ी साल पहले तो एक इसमें क्या है आपको मैं बताना चाहूँ कि किसी भी प्रोडक्ट जो हो मानव से उसकी एक लाइफ होती है कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऑर्बिट में रहता है तो उसका डिस्टरबेंस थोड़ा थोड़ा रहता ही है तो हम क्या करते है? उसको वापस रिस्टोर कर देते हैं रिस्टोरेशन में जैसे थ्रस्टर का उपयोग होता है तो फ्यूअल कंज्यूम होता है एक समय ऐसा आता है कि वो खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाने के बाद उसकी जो पोजीशन होती है वो नहीं संभल पाती तो धीरे धीरे ग्रेविटी के हावी होने से वो पृथ्वी की तरफ आता है लेकिन सेटेलाइट स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो इतने छोटे होते हैं कि अपने वातावरण में जब उसका प्रवेश होता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसका वो बर्न होकर नष्ट हो जाता है तो ये घटना हो लेकिन जब बड़े पैमाने में इतने बड़े जो ऑब्जेक्ट हो तो रिस्की होता है लेकिन अब देखोगे एक बार वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास कहीं हाँ समुद्र में तो ये होता है तो वो एक रिस्क भी रहता है और अभी कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट भी है कि जो स्पेस में और भी है क्योंकि पूरे कंट्री जितने अपनी पृथ्वी पे लीडिंग जो स्पेस टेक्नोलॉजी आगे काफ़ी ऑब्जेक्ट ऐसे है लेकिन स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो इतना वो टेंशन नहीं अच्छा एक चीज़ और जाननी चाहेंगे कि जैसे अपन कुछ भी बनाते हैं सेटेलाइट बनाते हैं वैज्ञानिक लोग बहुत मेहनत करते हैं उसमें खर्चा भी एक लंबा खर्चा आता है बनाने में उसके बाद जब लॉन्च होता है तो हमने जब पिछली बार देखा था पीएम मोदी भी खड़े हुए थे और वैज्ञानिक भी थे अंतिम क्षण में गया और सैटेलाइट से कनेक्शन अपना टूट गया था उस समय साइंटिस्टों को भी बहुत दुख हुआ था सब थोड़ा सा हताश थे वहां तक कि हमने देखा कि वो जो प्रमुख थे साइंटिस्ट हमारे उन्होंने आँख से आँसू निकलाए थे तो ऐसा क्या होता है स्पेस में जाने के बाद कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए उसके बाद सेटेलाइट का कनेक्शन कैसे टूट गया ये सब थोड़ा सा चीज़ें बताई यहाँ से जैसे कितनी स्पेस में कितने डिस्टेंस में लगाया जाता है 35000 किलोमीटर समथिंग अभी मैंने देखा था कि वहाँ सेटल किया जाता है और फिर उसी से अपन फ्रिक्वेंसी लेते हैं तो ऐसा कुछ क्या होता है जो आपके पास जानकारी जो आपने बता उसमें एक शब्द एड ऑन करूँ कि कोई भी जो फेलियर होता है उसका रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक इज नाउट अलाउड तो उसकी जांच कमेटी बैठती उसका अध्ययन किया जाता है और आने वाले दिनों में जो अभी एक और मिशन जो जा रहा है तो त्रुटियां जो भी है वो दूर हो जाएगी और मिशन सक्सेस की बात करें तो रिलायबिलिटी अभी आने वाले प्रोजेक्ट में वही रहेगी तो हमेशा इसरो में एक ये महत्वपूर्ण कहे सीखते जाओ फेल्य ऐसा का मतलब ये नहीं कि एंड हो गया और रही बात आपने जो बोला कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके पीछे आप समझो कि इसरो का इतना बड़ा वट पुरुक्ष है मेजर कम से कम बड़े सेंटर बारह सेंटर्स से, बाकी छोटे छोटे भी अब आप इमेज करो कि हर क्षेत्र का, का काम जो भी वैज्ञानिक करता है उसके पीछे उसका लगाव मेहनत डिजाइन फैब्रिकेशन इंस्पेक्शन मेजरमेंट टेस्टिंग ये पूरी चेन से पाँच होती हुई ये प्रोडक्ट जब ऊपर जाते तो फेल्यूर फेस कर तो वो एक प्रकार का वो रहता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम हमारे सीनियर से सीखते हैं। तो क्या सीखते है? जैसे मैं मेरी बात को मैं कभी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैंने काम किया क्यों कि मैं भी किसी से सिखाऊँ आप समझो कि अब्दुल कलाम विक्रम सराह भी की हम बात करें तो मैं हो सकता है थर्ड फोर्थ जनरेशन का साइंटिस्ट हूँ तो वही हमारा भी करते हुए कि मेरे बाद आने वाले जो साइंटिस्ट उनको भी हम पास ऑन करते तो ये जो अनुभव का जो हमारे समृद्धि है उसी के हम विकास में उसके द्वारा ही आगे बढ़ते सर आगे आने वाले समय में क्या उपयोगिता रहेगी अभी सैटेलाइट क्योंकि नए नए डिजाइन और नए नए वर्जन आ रहा है और नए नए उनकी जो तकनीक है विकसित होती जा रही तो अब क्या आगे आने वाला समय है आगे वाले अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो गगनयान मिशन जो ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम आ रहा है आदित्य मिशन ने सूर्य का अध्ययन करेगा और जैसे आपने बताया कि नए नए जो शब्द हैं न ये नई नई शब्द कहाँ का है नया मटेरियल नई प्रोसेस नई डिमांड नई प्रोडक्ट तो इसको अगर जब हमें तालमेल बिठाना हो तो क्या करना पड़ता है पढ़ना पड़ता है लिटरेचर सर्वे करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है रिसर्च करना पड़ता है बाहर से नुहा लेना दे इंट्रैक्शन करना पड़ता है इंडस्ट्री को साथ में लेके चलना पड़ता है तो ये सब कम्बाइंड एफर्ट्स का है सैनर्जी कह है सकते हैं अभी जैसे इन स्पेस की स्थापना हुई एंसिल की स्थापना हुई तो ये सब क्या है कि अभी हम जो कर रहे वो आने वाले दिनों में अभी भी हमारे साथ इंडस्ट्री जुड़ी हो तो अभी बड़े पैमाने पे जुड़ी अभी किसी को स्टार्टअप के दौर पे मेक माइंड है जो भी इसके प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना है तो उसमें इसरो सपोर्ट करे वी विल गिव और हो नो हाउस नो हाउ तो ये, जैसे आप हमने देखा है कि जब ऑब्जेक्ट कहीं पर डालना होता है जैसे मान लीजिए चंद्रमा तक जाना है या कहीं तक जाना है ऑब्जेक्ट जब पहुँचता है तो वैज्ञानिक जब सक्सेसफुल पहुँच जाता है वहाँ तो वैज्ञानिकों के चेहरे की खुशी अलग ही दिखती है वो भी आपने देखी होगी इसका राज अगर कहें तो आप सोचो कि अगर मैं ये प्रोडक्ट कंपेयर करूं कि जो अर्थ पे यूज़ होती है और ये प्रोडक्ट तो ये प्रोडक्ट को संवाद कैसे करना तो प्रोडक्ट ही हमारे से संवाद करती है समझो आपने जो बात की तो क्या है कि टेलीमेट्री ट्रैकिंग कर्मा क्या है तो एक सिस्टम से हेल्थ मोनिटरिंग का डेटा आता है हमें क्या करना है मेनू और क्या करना है तो इट इज़ ए इंटरेक्टिव प्रोसेस तो वही तैयार आम आदमी सोचते है कि हमारे जीवन में क्या फायदा वो सैटेलाइट का है तो हमारे जीवन में क्या फायदा? बस अब जो भी क्षेत्र की बात करोगे न उसमें सैटेलाइट का उपयोग रहेगा रहने वाला है कोई भी क्षेत्र का नाम जो जाए खेती की बात करो एजुकेशन की बात करो एनवायरमेंट साइंस की बात करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करो हर शब्द प्रयोग के पीछे रहेगी धन्यवादल तो ये थेलाइट थे थे तो हम लॉन्च करते बहुत तो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है आगे आने वाला समय टेक्निकल होगा और इसकी उपयोगिता बढ़ेगी हालांकि देश का भी एक नारा है की जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कैमरा मैन अब्दल के साथ सत्यम शर्मा दखल भोपाल वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें